<laughs> hey, look at this. Excuse me, uh, आप uh, मेरे साथ मेरे सोसाइटी में चल सकती हो क्या मुझे होली खेलना था आपके साथ क्या बोला तूने? वो सारे कलर्स आपके आँखों में ही दिख रहे हैं ना गुलाल रंग बताल उड़ते है मजा नहीं आ रहा है एक्सक्यूज मी मैम यू लुकिंग क्यूड कैन आई गेटर नंबर वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है? ये मैं दोबारा चल के आऊंगी आप फिर से बोलोगे हाँ, हाँ. Yes. What? बोलो. क्या यूर लुकिंग क्यूड कैन गचा सॉरी आई है गर्लफ्रेंड